डॉक्टर साहब मेरे भूलने की बीमारी है अच्छा कब से है तुम्हें ये बीमारी कौन सी बीमारी तो कैसे कैसे के पागल मरे जाते हैं